तो जाने हम ये चिरंग क्या है दे दे बड़ा है। सुनता नहीं कहना कोई खबर आ, क्या करें हरे हरे हारे, हारे, हारे हम तो दिल से हारे हरे हरे हारे, हारे, हारे, हारे ओ हम तो दिल से हारे तेरी में पागल पर, पर होता है तेरे ना जागे ना सोता है सर दुहाई में तुझे पुखारे सर हरे हाय हाय से हे हरे हाय हाय तो दु से हारे